की बुनियाद वाशर की बुनियादी वहदत को क्यों नज़रअंदाज कर सकता है इसलिए इस सूरत में इस मकसद को पूरा करने के लिए खोल कर अहकाम बयान फरमाया है इस आयत से माकबल में आहद रसालत के इंतहाईलमनाक और रूह फरसा अलमिया का जिक्र किया गया है जो तारीख़ में वाक़ वाक़ के नाम से मशहूर है इतहाई किस बयानी और बहतान तराशी को कहते हैं उस बदतमीज़ी और फितना और फसाद का मरकजी किरदार मुनाफिकिन रईसुलमुनाफिकिनद्दुल्ला बिन ओबई था यह हसद व शैतनत और फितना परदाजी में शैतान का चेला था उसने ऐसी चाल चली कि जिसने क़्यामत बरपा कर दी और इस्लामी माशरा का आज आज दर्द से चीख उठा सारी फ़िजा में शकु व शुभहात का अंधेरा छा गया उनिमों ने उस पाक हस्ती को अपनी बहुतान तराशियों का हदफ बनाया जिसका बराह रास्त तल्ल पैगम्बर इस्लाम सरवर आलम रहमत आलमिया सल्ला तसलम की जात से था जिसकी गर्द राह भी राह रवान जाद हिदायत के लिए नूर अफसात थी अल्लाह ने तानवाद रसालत की और तहारत की शहादत अपनी ज़बान कुदरत से दी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मकरम सल्ह वसलम की जवजा महतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रद्ल तह का दामन उस सरासर झूठे इल्ज़ाम से पाक और मुनजा है और इस सूरत पाक में वो आयात नाजिल फरमाई के जिनसे उस फितना का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया और मराफ़िकन को मालूम हो गया कि उनका कोई मनसूबा और उनकी कोई साजिश इस्लाम के नूर को ना तो बुझा सकती है और ना ही उसके शजर तैयबा को उखेड़ सकती है वल्ला त ममिन को तमबी फरमाई के ऐसे मजमूम फ़ैल का इतकब करना शैतान का फ़ेल है जिसका शेवा ये है कि वह अपने पैर का, पैरोकारों को बेहयाई और बदकारी की तलकिन करता है बुरे कामों को इस हसीन अंदाज से पेश करता है कि उसके बुरे नतज आँखों से वोझल हो जाते हैं इंसान यही समझने लगता है कि सारी इज्जतें सारी मसरतें इन्हीं बुरे कामों में हैं शैतान के उकसाने पर वो ऐसी ऐसी कमींदगी और हयासोस हरकतें करते हैं कि देखने वाले वदंदा हो जाते हैं लेकिन जब वह अपनी बदकारी से दो चार हो जाता है जब बेहयाई की जलाई हुई आग खुद उसके अपने घर को अपनी लपेट में लेती है उसकी अपनी नामोश और इसमत लूटने लगती है उस वक्त वो शैतान को अपनी मदद के लिए पुकारता है लेकिन वो वो बेमुर हंस टाल देता है और उल्टा उसका मजाक उड़ाता है इसलिए अल्लाह तोमिन को इरशाद फरमाया ईमान वालों शैतान के नक्श क़दम पर मत चलो और जो उसके नक्श क़दम पर चलता है तो वो उसे हर बेही और बुरे काम का हुक्म देता है अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई भी हरगज़ ना बच सकता हाँ अल्लाह ताला पाक करता है जिसको चाहता है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है एक मिसाल के जरिए वाज अल्लाह ते फरमाया قال فلما कमा खली शैफ़ानदान फुरफल कफर खाली बड़ी उमिन काफ़ल रबीन फ़काना आक़िबत हम फ़िन नारी खाली फ़ीह फी हा वजाल का जजाउ जालमीन जो शैतान के कही हुई बात पर चलते हैं और शैतान की पैरवी करते हैं उसके पीछे चलते हैं ज़रा गौर करें जब एक मिसाल बयान की और और यहूदियों की मिसाल शैतान की सी है जो पहले इंसान को कहता है कि गुनाह कर जुर्म कर जुर्म जब वो इनकार कर देता है तो शैतान कहता है मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं मैं तो डरता हूँ अल्लाह ताला से तोरबल आलमीन है फिर उन दोनों शैतान यानी जरा गौर करें मिसाल के जब जुर्म करे जुर्म का हुक्म देता है और जब उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है और उस वक्त आदमी शैतान को पुकारता है तो फिर वो कहता है मैं इससे बड़ी हूँ जो काम तुम कर रहे हो मैं इसमें शरीक नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे साथ मैं हूँ मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ समझे आप कि शैतान के जालसाजी में हम फंसकर कितना और क्या क्या काम कर डालते हैं इंसान के चार दुश्मन हज़रत अबूलैस असूफ़ी फरमाते हैं कि इंसान के चार दुश्मन हैं जिनमें से हर एक के साथ जहाद करना ज़रूरी है क्योंकि नबी करीम सलातवत तस्लीम जब एक गजबा से वापस तशरीफ ला रहे थे तो उस वक्त फरमाया कि अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं और वह ख्वाहत नफ्स के साथ जहाद है और एक अल्लाह ताला ने दुनिया के शर से बचने के लिए कुरान करीम में वाज हदायत इरशाद फरमाई है फरमाया फ़ला तयात दुनिया के तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी कहीं धोखे में ना डाल दुनियावी जिंदगी जेबोज़ीनत आरइश वेबाइश इसकी सजी सजाई ज़िंदगी इसके ऊँचे से ऊँचे बंगले और कई भी तरह के क्योंकि जो शख्स दुनिया के पीछे भागता है तो वो हिलाक हो जाता है और उसे पा भी नहीं पाता नफसे इंसानी ये तमाम दुश्मनों से ज़्यादा नुकसानदेह है और इसकी चालीस ऐसी मख... और इसकी चालें ऐसी मख् होती हैं कि इंसान उनका इद्राक नहीं कर सकता यहाँ तक कि वह पस्ती की अथाह गहराई में जा गिरता है हज़रत इबन अब्बास रदी अल्लाह तुमा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमायादा अदब का नफसक अलती बना जनाब के तेरे दुश्मनों से सबसे ज़्यादा दुश्मन तेरा वो नफ्स है जो तेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है और उससे मुराद नफ्स अम्मारा है हज़रत यूसुफ् जैसा अज़ीमलमरतबत पैगंबर भी ये कह उठा के वमा उबर दफ्सी इन नफ्सम तुम इल्ला मा रही रब्बी कि मैं अपने नफ्स से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता क्योंकि नफ्स बहुत ही ज़्यादा बुराई का हम देता है जब तक कि मेरा रब मुझ पर रहम न फरमाए और मेरी दस्तगीरी ना फरमाए दुश्मन नंबर तीन जिन यानी जिनों में से एक शैतान जिसके मतलक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन शैताना लकुम अदोन फत अदोवा कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है बस तुम उसे दुश्मन ही समझो और चौथे नंबर का दुश्मन है शैतानुल इंस इन्स। यानी इंसानों में से शैतान बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो शैतानी और से मुतसफ़ होते हैं उनसे अपने आप को बचाना भी असबस ज़रूरी होता है और वो शैतानुल शैतानजिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि शैतानुल जिन महफ़ी तरीक़ा से असरंदाज होने की कोशिश करता है और वो वस अंदाजी करके गुमराही के रास्ते पर गामजन करता है लेकिन शैतानस बज़ाहिर इंसान होता है और वह लोगों के दिलों में झूठी उम्मीदें और आर्जुएँ पैदा करता है और अपनी बात ना मानने की सूरत में मद मुकाबिल खड़ा हो जाता है और हर अच्छे काम से रोकने की कोशिश कर रहा होता है इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाया नफ्स और शैतानुल जिन वल इंस के शर से मेरी पनाह तलब किया करो क्योंकि जब अल्लाह ताला बंदे की दस्तगे ना फरमाए तो वो इन खतरा खतरनाक दुश्मनों के फरीब और शर से नहीं बच सकता इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम को फरमाया आप अपनी पाक जबान से यह ऐलान फ़रमा दें कुल रऊद बन्नास मलिक्नास अलास मिनशर सन्नासिफ़ी सदूरनास मिनल जन्नतिस हबीब आर्ज़ कीजिए मैं पनाह लेता हूँ सब इंसानों के परवरदिगार की सब इंसानों के बादशाह की सब इंसानों के मबूूद की बार बार वस डालने वाले बार बार पसपा होने वाले के शर से जो वस डालता रहता है लोगों के दिलों में खाह वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हज़रत वाह मम रवायत थे उन्होंने फरमाया अल्लाह तबलीस को हकम दिया कि तू मेरे महबूब नबी करीम महम्मद सल्ह वसम के पास हाजिर हो और आपके हर सवाल का जवाब दे तो वो एक बूढ़ा शख्स बूढ़ा शेख की सूरत में हाथ में खूटी पकड़े हुए बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ आप ने उससे पूछा मन अंतर तू कौन है उसने जवाब दिया ना इब्बलीस मैं इबलीस आपने फरमाया यहाँ तेरे आने की वजह क्या है उसने जवाब दिया मुझे अल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर होने का हुक्म दिया है और यह फरमाया है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ आप सलातम ने इब्लिस आपसलम ने फरमायाब्लिस मेरी उम्मत से तेरे दुश्मन कितने हैं उसने जवाब दिया पंद्रह आपने पूछा वो कौन कौन है वो लगन बोला नंबर एक अलैहि वसल्लम आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं नंबर दो काजी जो आदिल हो नंबर तीन आजजी करने वाला नंबर चार सच्चा ताज़ीर। नंबर पाँच खुजू खुशू से नमाज़ पढ़ने वाला आलिम दीन नंबर छः साहिब अखलास ई नंबर सात रहम करने वाला मोमिन नंबर आठ अपनी तौबा पर साबित क़दम रहने वाला तइब नंबर नौ हराम खोरी से बचने वाला नंबर दस हमेशा पाकिजा रहने वाला साफ सुथरा रहने वाला नंबर ग्यारह अपने माल से ज़्यादा सदका करने वाला मोमिन नंबर बारह अखलाक हसना से मुतसिफ नंबर तेरह लोगों के लिए नफा रसा यानी नफा पहुंचाने वाला नंबर चौदह तिलावत कुरान पाक पर हमेशगी इख्तियार करने वाला हाफि नंबर पंद्रह रात को क़याम करने वाला जबकि लोग नींद किए नींद के मज़े लूट रहे हों आपने उससे मजीद दरियाफ्त किया कि मेरी उम्मत में से कितने लोग तेरे दोस्त हैं उसने कहा दस नंबर एक बेइंसाफी करने वाला काजी नंबर दो तकबर करने वाला गनी नंबर तीन खयानत करने वाला ताजर नंबर चार शराबी नंबर पाँच चुगलखोर, नंबर छः रयाकार नंबर सात यतीमों का माल खाने वाला नंबर आठ नमाज में सुस्ती करने वाला नंबर नौ जकवात न देने वाला नंबर दस दुनियावी खवाहिशा में लंबी उम्मीदें करने वाला शैतान लाइन ने मज़ीद वजाहत की कि यही वो लोग हैं जो मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं